आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करें और ख़ास तौर से तरबियत के बारे में तो हमारी बातें हो चुकी हैं बहुत सारी दूसरी तीसरी वीडियो है इसी तरीके से आज बतलाएंगे कि बच्चों को ये आर्ट चीज़ों की आदत ज़रूर डलवाएं तो वो कौन सी आर्ट चीज़ें हैं तो इसी तरीके से हमें समझना है पहली चीज़ मतलब पहली आदत यह है कि सफ़ाई सुथराई देखो हमारे प्यारे नबी करीम सलील वसम 1400 साल कबल 1400 साल पहले येमदा खसलत इन अल्फ़ाज़ में उन्होंने फरमाई थी कि सफाई निसफ ईमान है मतलब सफाई सुधराई आधा ईमान है लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये असूल बार बार बताएं और उस पर आमल दरामद को यकीनी भी बनाएँ तो पहली चीज़ सफ़ाई सुधराई का ख्याल करवाएँ ये वैसे भी माँ बाप करवाते हैं देखते हैं कि सफ़ाई सुथराई लेकिन और जो लोग होते हैं माँ बाप वो अपने बच्चों की तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते तो मेरे भाई सफ़ाई सुथराई का थोड़ा सा ख्याल रखना है बच्चों को बार बार ये असूल बताएं और इस पर अमल भी करवाएं इसी तरीके से दूसरी चीज़ नमाज और दुआ दूसरी चीज़ क्या है नमाज और दुआ बच्चों को बाकायदगी से नमाज का कहें बाकायदगी से नमाज का कहें और अल्लाह से मांगने की आदत डलवाएँ इस तरह बच्चे न सिर्फ ज़ाहिरन साफ़ सुथरे रहेंगे बल्कि उनका दिल भी निखरेगा समझ में आ रही बात मतलब क्या कि बच्चों को बाकायदगी से नमाज पढ़वाने को कहें उन्हें अल्लाह से मांगने की आदत डलवाएं इस तरह बच्चे क्या होंगे न सिर्फ क्या कहते हैं ऊपर से ही साफ सुथरे होंगे मतलब कपड़ों से बल्कि वो दिल के भी सफ़ा सुथरे होंगे अब इसी तरीके से तीसरी आदत है वो ये डलवाएं कि सबकी इज़्ज़त करना और सबके साथ खैर ख्वाही करना ये बच्चे को ज़रूर आदत डलवाएँ बच्चे को बताएँ कि सिर्फ बड़ों के साथ ही नहीं बल्कि अपने हम उम्र बच्चों के साथ भी हमें तमीज़ से पेश आना है ये बच्चों को आदत डलवाना है उन्हें बताएँ कि दूसरे बच्चे जैसा भी सलूक करें लेकिन आपको तमीज़ से ही पेश आना और दूसरी चीज़ उनके साथ हमदर्दी और खैर के साथ पेश आने की पुख्ता आदत डलवाएँ बच्चों को दूसरी चीज़ क्या है लोगों के साथ हमदर्दी और ख़ैर ख्वाही के साथ पेश आने की यह आदत ज़रूर डलवाएं तो तीसरी जम, तीसरी चीज़ हमने बदलाई सबके इज़्ज़त करना सबके साथ खैर ख्वाही ये तीसरी आदत बच्चों को ज़रूर डलवाएं अब इसी तरीके से है चौथी आदत सच बोलना देखो सच ये हम लोग समझ गए ये हम लोग बहुत झूठ बोलते ना तो सच बोलने की आदत डलवाएँ बच्चों के सामने हमें झूठ नहीं बोलना है वैसे भी झूठ हमें बिल्कुल नहीं बोलना है अल्लाह की लानत होती है लेकिन बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और कभी बच्चे झूठ सामने आ जाए बच्चे का झूठ मतलब सामने कभी आ जाए कि इस बच्चे ने झूठ बोला तो उसको अकेले में समझाएं सबके सामने नहीं सब सामने समझाओगे तो फिर वो क्या समझेगा कि हमें ये मतलब झूठा ही समझा है तो उसको अकेले में अगर समझाएँगे तो वो उसकी समझ में आ जाएगा वरना अगर लोगों के सामने समझाएंगे तो फिर वो आए दिन आगे झूठ बोलता रहेगा तो समझ में आ रही बात इसी तरीके से है पाँचवीं चीज़ मतलब पाँचवीं आदत खुद अहतमादी से अपने काम सर अंजाम देना ये आदत जरूर डलवाएं बच्चों पर देखो नजर रखना अच्छी बात है लेकिन हर वक्त मतलब साय की तरह उनके साथ रहने से बच्चे में खुद एतमादी की कमी हो जाती है खुददारी की कमी हो जाती इसलिए ज़रूरी है एक कड़ी निगाह रखने के साथ साथ बच्चों पर भरोसा भी करें बच्चों पर भरोसा भी करें याद रखना जो मां बाप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते हैं वो औलाद बाद में क्या होती धोखेबाज बन जाती है इसलिए भरोसा भी करें कुछ काम उनके ज़िम्मे लगाकर गैर महसूस तरीके से निगरानी करें और कमी कोताही के बावजूद उनकी हौसला अफजाई भी करें समझ में आ रही बात अगर उन्होंने ग़लती करी तो उसको समझाए कमी हुई है तो उनकी हौसला अफज़ाई भी करें तो इसलिए बच्चों पर थोड़ा सा एतमद करें भरोसा करें हर वक्त उनके ऊपर नजर न गड़ाए रहें, बिल्कुल सुइयों के तरीके से तो इससे क्या होती है खुद एतमदी की कमी हो जाती है तो बात समझने की है अब इसी तरीके से है छठी आदत छटी आदत है कि आगे बढ़ने की लगन बच्चों को समझाएं कि उन्हें कोशिश करनी है कोशिश लगन अल्लाह की मदद की बुनियाद पर वो कामयाब होंगे बच्चों को कभी भी ये कहकर मत डराए कि मेहनत ना करने की वजह से वो फेल या नाकाम हो जाएंगे या दीगर बच्चे या मतलब दूसरे बच्चे उनसे आगे निकल जाएंगे बल्कि मुसबत अंदाज में उनकी शख्सियत और सलाहियतों को उभारने की कोशिश करें अगर कभी खुदा ना नखास्ता बच्चा कभी नाकाम हो भी जाए तो उसे हरगज़ दिल बर, दिल बर्दाश्त और मायूस ना होने दें बल्कि हमेशा आगे देखने और बढ़ने का बलवला उनमें पैदा करें तो ये बात समझ में आ गई छठी आदत यह है कि आगे बढ़ने की लगन मतलब ये ना कहें कि बहुत सारे लोग डराते रहते हैं मेह, मेहनत ना करोगे वो देखो तुमसे कितना आगे निकल गया और तुम उससे कितने पीछे हो तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत बैसी हैं तो हमें क्या करना है हमें उसको मुसबत अंदाज में उसको समझाना है कि हमें कोशिश भी करना है उनकी शख्सियतों और सलाहियतों को उभारने की भी कोशिश करना है इससे क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कभी बच्चा नाकाम हो भी जाए तो उसे उसके दिल पर चोट तो नहीं लगेगी तो सातवीं सातवीं आदत है कि वालदे कितने ही मालदार क्यों ना हो वालदे कितने ही मालदार क्यों ना हो बच्चों को आयल उम्री में मतलब उनकी कम उमरी में ही पैसे ज़्यादा ना दें अगर कभी पैसे दें तो इस बात को यकीनी बनाएँ कि ये पैसे कितने खर्च कर रहा है और क्या क्या चीज़ें खा रहा है अगर बच्चे और पैसों और चीज़ों के इस्तेमाल में लापरवाही से काम लेते हैं तो उन्हें पैसे का इस्तेमाल दानशमंदी करने के तरीके से मतलब उनको बताएँ कि देखो बिला बजे ज़्यादा चीज़ें खाना ये ये हमारे नुकसानात हैं तो इस, इन सारी चीज़ों से उनको समझाना है तो ये आज की आदत सारी उम्र उनके काम आएगी अगर आज हमने उनको आदत बता दी तो वो आगे जो है ना बुढ़ापे तक ये सारे सारी आदत उनकी बनी रहेगी अब इसी तरीके से आठवीं चीज़ आठवीं चीज़ क्या है आठवीं आदत उनको ये डलवाना है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना बल्कि ये आदत कहीं भी अपने बच्चों को आजकल नहीं डलवाई जा रही है लोग मोबाइलों में बच्चों को लगा दिया है तो वो आठ आठ नौ नौ दस दस ग्यारह बारह आगे तक मतलब पता नहीं कब रात में सो रहे हैं और सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं तो हमें कौन सी आदत डलवाना है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी से उठना घर का देखो एक निज़ामत तरतीब दें जिसमें 24 घंटे के मामूल दर्ज हों निज़ाम किसी मुनासिब जगह आबा कर दें निज़ाम की सबसे अहम चीज़ है कि रात को जल्दी सोकर सुबह सवेरे उठना सुबह सवेरे फजर की नमाज बात पढ़ कर बच्चों के साथ हमें चहल और वर्जिश का भी मामूल बनाएँ थोड़ी बहुत कसरत भी करा करें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करा करें बच्चों के साथ तो जब ये कब हो पाएगी जब हम रात को जल्दी सुलवाएंगे बच्चों को और सुबह जल्दी उठाएंगे अपने साथ फज्र की नमाज़ पढ़ने ले, ले जाएंगे तो हमने ये आठ आठ आदतें आप लोगों के सामने बतलाई ये आठ आदतें बच्चों को जरूर डलवाएं याद रखना बचपन की आदत बुढ़ापे कब्र तक साध जाती हैं बच्चों को जो आज अगर हम आदत करेंगे बचपनों की तो वो जवानी में भी बरकरार रही बुढ़ापे तक वो ऐसे ही करते रहेंगे हमने देखा बहुत सारे लोगों को कि जो बच्चा सुबह रात में मतलब जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है तो वो बुढ़ापे में भी ऐसे ही काम करता है बुढ़ापे में तो चलो खैर नींद नहीं आती है लेकिन जवानी में आती लेकिन वो जवानी में भी उठता तो अगर हमने आज ये बचपन की याद दिलवा दी इनको याद रखना तो ये परवान चढ़ जाएगी और हम अपने बच्चों बल्कि आगे आने वाली नस्लों को मिसाल ज़िंदगी दे सकते हैं तो ये बच्चों को आठ चीज़ों की आदत ज़रूर डलवाएं जो जो हमने बतलाई हैं। पहली चीज़ है सफाई सुथराई दूसरी चीज़ है उन्हें नमाज और दुआ तीसरी चीज़ है सबकी इज़्ज़त करना सबके साथ खैर ख्वाही करना चौथी चीज़ उन्हें सिखाना सच बोलना और पाँचवीं चीज़ है ख़ुद अहतमादी मतलब उनको कुछ ना कुछ काम देना है और उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी करना इसी तरीके से छठी चीज़ हमने आगे बढ़ने की लगन भी बदलाई सातवीं चीज़ है कि पैसा हम जितना दे रहे हैं उसको कैसे क्या खर्च कर रहा है मतलब लापरवाही से खर्च कर रहा है या थोड़ा सा सोच समझकर तो आठवीं चीज़ हमने बदलाई कि रात को जल्दी सुलवाएँ और सुबह को फज्र की नमाज़ में उठाएँ तो ये आठ आदतें ज़रूर डलवाएँ